दोस्तों दिल्ली के अंदर क्रॉनिका सिटी के बिल्कुल पास आईएनएस बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड की एक बेहतरीन सोसाइटी आप लोगों के लिए फिर से हम लेकर के आ गए हैं फिर से वही अफोर्डेबल रेट्स के अंदर अफोर्डेबल बजट के अंदर बहुत ही कम रेट्स के अंदर वो भी आसान और ब्याज मुक्त किश्तों के अंदर आपको प्लॉट मिलने वाला है आपका अपना घर मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आई एंड एस बिलटेक प्राइवेट लिमिटेड हमेशा जाना जाता है आप लोगों को आपके बजट के अंदर एक बेहतरीन घर देने के लिए आपके बजट के ई के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट फ्री ई में आपको प्लाट देने के लिए आपका घर देने के लिए आपके सपनों का आशियाना देने के लिए आज वही एन एस बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड फिर से आप सभी के लिए दिल्ली के अंदर मेन दिल्ली शहर के अंदर आप लोगों को प्लॉट देने वाला है घर बनाने के लिए जिसमें तुरंत आप घर बना सकते हैं रह सकते हैं जहाँ पर आपको सारी सुविधाएँ स्कूल से लेकर कॉलेज और हॉस्पिटल सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये एक आई बिल्टेक का नया प्रोजेक्ट है जो लॉन्च होने जा रहा है 19 फरवरी संडे के दिन जो दो से तीन दिन के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होते ही देखिए आप दिल्ली एन के अंदर आई बिल्टेक का क्या रोला होता है और देखिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ पूरी आबादी है ये ट्रॉनिकल सिटी वाला पूरा एरिया पीछे देख सकते हैं आप पूरा शहरी आबादी है दिल्ली का बिल्कुल निकट का एरिया है बिल्कुल बसावट है पूरी तरीके से पूरी शहरी आबादी है और आप इस साइड देखें तो आपको आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक दिख जाएगा और मोहल्ला क्लिनिक के बराबर में आपको सर्वोदय विद्यालय स्कूल दिख जाएगा और साथ ही साथ आप रोड की कनेक्टिविटी देखें जिस तरीके से यह ट्रक चलता हुआ दिख रहा है आपको ई रिक्शा और सारी चीज़ें चल दिख रही हैं ये दिल्ली से पूरा सटा हुआ एरिया है और दिल्ली के अंदर ही ये ट्रॉनिका सिटी के बिल्कुल करीब का एरिया है तो दोस्तों ये प्लॉट आपको मात्र 8 9000 10000 रुपए गज के बजट में मिल सकता है इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है कॉल करते ही आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी प्लॉट के बारे में रेट्स के बारे में लेआउट आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा और दोस्तों संडे के दिन विजिट वाले दिन विजिट अवश्य करें बहुत ही बहुत ही बढ़िया ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं बहुत ही बढ़िया ईएमआईज आपको मिलने वाली हैं तो दोस्तों 19 फरवरी का दिन आई बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड का नया प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर के अंदर लॉन्च होने जा रहा है लोनी गाजियाबाद ट्रोनिका सिटी के पास का एरिया है दोस्तों देखिए क्या शानदार प्रोजेक्ट है क्या शानदार प्रोजेक्ट है तो दोस्तों देर ना करें तुरंत इस नंबर पर कॉल करें और सारी जानकारी लेकर यहाँ पर विजिट करें पूरे दिल्ली एन से जी हाँ दोस्तों पूरे दिल्ली एन से फ्री पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो दोस्तों स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके कैब बुक करा लें आपके घर से कैब लेकर आएगी साइट दिखाएगी कि बढ़िया सा प्लॉट आपके लिए बुक करेंगे और आपके घर पे ड्रॉप कराएंगे ये गारंटी हमारी है थैंक यू सो मच कॉन्टेक्ट ज़रूर करें